मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने भोपाल में चल रहे अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेले में नटराज नृत्य नाटिका प्रस्तुति की जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भगवान शिव की वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दी इस दौरान मेले में मानसरोवर ग्रुप स्टॉल्स में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नटराज नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई नृत्य के दौरान छात्र भगवान शिव की वेशभूषा में नजर आए छात्रों ने भगवान शिव के नटराज नृत्य को बखूबी निभाया नटराज नृत्य को देखने बड़ी संख्या में लोग मेला पहुंचे। इस दौरान मानसरोवर ग्रुप के परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे कार्यक्रम में मानसरोवर ग्रुप की चांसलर मंजुला तिवारी विशेष तौर पर मौजूद रही वही मानसरोवर आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल अनुराग सिंह राजपूत ने कार्यक्रम की जानकारी दी आज हम यहाँ पर खड़े में यहाँ पर जो 20 तारीख से छब्बीस तारीख तक लाल में चल रहा है स्टॉल लगाया हुआ है साथ ही साथ यहाँ पर आज जो है वो हमारे यहाँ के छात्रों के द्वारा छात्र छात्राओं के द्वारा नटराज नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया गया सबको डांस पसंद है लेकिन ये नहीं पता होता की डांस का तो डांस का हुआ नटराज नटराज मतलब मानसरोवर ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेले में आयुर्वेद से संबंधित स्टॉल लगाया है जिसमे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ पंचकर्म जैसे आयुर्वेद इलाज की जानकारी दी जा रही है स्टॉल में आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर के साथ चवनप्राश शहद के साथ अन्य पौष्टिक प्रोडक्ट्स रखे गए हैं जो कि लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज